Then no हम दर्द हमदम भी है तू साथ है तो ज़िंदगी भी तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए चुनाव sama